हेलो कैसे हो आप लोग मेरा नाम सत्यमारो आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एक एक सो सोगाइस तो मैं आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 भूगोल का कक्षा 11 का पेपर लेके आ चुका हूँ इसमें आपको तीन घंटे पंद्रह मिनट समय मिलता है पूर्णांक सत्तर का है इसमें कुछ नोट्स दिए हुए आप पढ़ सकते हैं उसके बाद बिना देरी हुआ बिना देरी करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं यहाँ पे भौवैकल्पीय प्रश्न है पहला है भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है इसमें से आपके चार ऑप्शन दिए हैं आप पर जिक करिए किस ग्रह की सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं या भी कर सकते हैं तीसरा है निम्नलिखित में कौन सी सेल औसादी नहीं है फिर आपका चौथा है वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व है फिर आपका पाँचवा आता है निम्नलिखित बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है इसके बाद आता है आपका छह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है ये भी आप कर सकते हैं सातवें पे आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है फिर आपके आता है आठवें नंबर पे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती है ये भी आप कर सकते हैं फिर आपका नेक्स्ट पेज आता है यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न में आपका नवा नंबर आता है तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए दो नंबर का क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं आप दसवें नंबर पे भूभागी भूभागा भागी तरंगे क्या हैं ये भी आपका दो नंबर का क्वेश्चन है कर सकते हैं ग्यारहवें पे आपका औसादी सेल किसे कहते हैं बारहवें पे मौसम एवं जलवायु के तत्व तो कौन कौन से हैं चौथा नंबर पर सापेक्ष आद्रता की व्याख्या कीजिए पंद्रह नंबर पर परिस्थिति की तंत्र या परितंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए सोलह नंबर पे जैव विविधता में विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं यह आपके हो गए सोलह तक अति लघु उत्तरी कृष्ण फिर आता है लघु उत्तरी कृष्ण सत्रहवें नंबर पे आपका भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है चार नंबर का क्वेश्चन है आप कर सकते हैं अठारह नंबर पर आपका वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं यह भी चार नंबर का क्वेश्चन है फिर उन्नीस नंबर पे भी चार शाखाओं का उल्लेख कीजिए फिर इक्कीस नंबर पे आता है आपका अग्नेय सेल क्या है अग्निय सेल के निर्माण की पद्धति उनके लक्षण बताइए ये आपका चार नंबर का क्वेश्चन है यह भी कर सकते हैं बाईस नंबर पे आता है आपका के कौन कौन से प्रकार हैं? ओस एवं तुषार के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए फिर आपका आता है तेईस नंबर पे काली मृदा क्या है यह कैसे निर्मित होती है जैसे आपके हो गए चार नंबर के क्वेश्चन फिर आता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न चौबीस नंबर पे आपका इसमें दो हैं इसमें से एक करना है आपको महासागरी जल की लवणता के स्रोत बताइए तथा महासागरों के लवण वितरण को समझाइए अथवा करके है यहाँ पे जैव विविधता के हैस के लिए उत्तरदाई प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए इसे रोकने के उपाय भी बताइए फिर आपका पच्चीस नंबर पे आता है जलवायु परिस्थितिकी के आधार पर भारतीय वनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए सात नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके है हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना दक्षिण भारत की नदियों से कीजिए प्रमुख नदियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए फिर आपका है मानचित्र संबंधी प्रश्न छब्बीस नंबर है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को उचित चिन्हों द्वारा दर्शाइए नंबर एक पे आता विद्याचल सतपुंडा पर्वत कहाँ है दूसरा है गहान महानदी कृष्णा नर्मदा नदियाँ ये कहाँ पे है आपकी मानचित्र में दर्शाना है तीसरे नंबर पे आता है थार मरुस्थल फिर आता है चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश उत्तराखंड पंजाब ये आपको मानचित्र में दर्शाना है तो आप लोगों का ये था कुछ पेपर जो आप देख लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट लेकर पेपर कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन आप दोबारा देखना चाहते दोबारा स्कीप करके देख सकते हैं आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद